नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गोशाल मखी चैनल पर तो आप लोग कैसे हो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे बहुत ही खुश होंगे और पबजी का उजाड़े का पूरा मज़ा ले रहे होंगे तो आज हम फिर से एक बार लेकर आ गए हैं नया गेम प्ले नया एकदम बिल्कुल लेटेस्ट एकदम ताज़ा तो अब हम लैंड कर चुके हैं लैंड करने वाले हैं पायलट के प्लाजा में और देखिए आप देखते रह जाओगे कितना धमाकेदार गेम प्ले होने वाला है आप समझ नहीं पाओगे कितना धमाकेदार होने वाला है और मेरे करेक्टर को आज नई ड्रेस भी मिली है तो देखो कितना अच्छा लग रहा है कितना ज़्यादा साइन कर रहा है मेरा करेक्टर दूर से ही चमक रहा है एनिमी दूर से ही पहचान लेंगे लेकिन तब भी आपका भाई यही ड्रेस पहनाएगा क्योंकि इसको ये फेवरेट है ड्रेस और मुझे मिल गई है ए और मैगिन के साथ लगता है कि यहाँ पर पायलट प्लाजा में बंदों की खैर नहीं है मार पड़ेगी बहुत ज़्यादा बच कर जाएगा कोई नहीं घोसाल मक्खी से लास्ट में देखिएगा कि कितना मज़ा आने वाला है फिर गोसाल मक्खी को उड़ते हुए दिखाया जाएगा इसमें पहली बार आप देखोगे कि कोई उड़ रहा है ऊपर तो ये सब आप देख पाओगे आखिरी में बिल्कुल के जब गेम प्ले ख़त्म होने वाला होगा और ये भी पता चल जाएगा आपको कि चिकन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो पता चलेगा बाद में तो यहाँ पर हम छोटी मोटी लूट कर लेते हैं फिर एनमी ये देखो एक लूट रहा है देखिए भाई एक एम में सिक्सिक्स लगा के इसको मार रहे थे रिकॉयल कंट्रोल नहीं हुआ तो बच गया था लेकिन मिनी भी बहुत अच्छी गन है उससे मैंने इसको पेल पाल दिया और रामपाल इसको नहीं बनाते हैं क्योंकि इसका टीम मेट अभी है यहीं पर और वो भी बहुत ख़तरनाक ही है क्योंकि वो हमें दिखा नहीं है तो किसी भी दुश्मन को आप हल्के में मत लीजिए तो उसको हम ढूँढ रहे हैं कि गया कहाँ है जो इसको मैंने नॉक किया था गायब हो चुका है यहाँ से और हमारे जो टीममेट हैं उनको भी बता दें हमारे फेवरेट अपने किलचोर जो कि लौटने में यही मस्त होंगे और ये रहा उसका टीममेट देखो कितना खतरनाक डैमेज दे दिया है मुझको क्योंकि मेरे पास बेस्ट वगैरह नहीं थी इसका इसको फ़ायदा मिला लेकिन मैंने इसको पेल पाल के रामपाल बना दिया है दोनों की ला गए हैं मतलब है ये उसी का टीम था दोनों फिनिश हो गए हैं और लैपटॉप भी मिल गया मुझको लैपटॉप ज़रूरी है मौके पर बहुत काम आता है जब आपकी हेल्थ या जीरो एच बचती है वन एच बचती है तो फुल करने में लैपटॉप बहुत सहायता करता है तो अब लगता है कि यहाँ पर पायलट के प्लाजा में दो ही बंदे आए थे दो ही एनमी आए थे उनको मैंने पेल पाल के रामपाल बना दिया है लेकिन हमारे देखिए टीम में तब भी लौटने में जुटे हैं किचोर लेकिन कुछ अब प्रो हो गए हैं कुछ अच्छा खेलने लगे हैं आज स्क्वाड नहीं खेल रहे क्योंकि मेरे टीम मेरे जो थे दो वो ऑफलाइन थे और रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो पता नहीं कभी कभी खेलते खेलते ही ऑफलाइन हो जाते हैं तो मज़ा नहीं आता है तो अब हम चल देते हैं ड्राफ लूटने के लिए देखिए पहले से एक चोर मेरे ड्राफ को लूट रहा था इनको पता नहीं कि गौसाल मक्खी का ड्राफ कोई लूट नहीं सकता तो इन्होंने लूटा है इनको सज़ा मिलेगी और किचोर ने मेरे के किल चुरा लिया है देख लीजिए फिर से वही काम चालू कर दिया किचोर ने और देखो डैमेज पक रहा बहुत ज़्यादा यहीं पर हैं बंदे बहुत सारे और किलचोर चोरी करके जब सब सबसे सब पहले छिप गया था और देखिए मेरी वन एचपी करके छोड़ा है एनिमी ने मैं इनको छोड़ूंगा नहीं वो ड्राफ ड्राफ में ए डब्ल्यू है इसलिए मेरी फेवरेट गन है मैं इसको लेकर ही मानूँगा तो यहाँ पर ये देखिए इसने ही मुझे ज़्यादा डैमेज दिया था इसको खेल के रामपाल बना देता है फिर से किलचोर और मैं सामने वाले बंदे को पेड़पाल के रामपाल बना देता। लेकिन अब की बात गिलचोर को ही किसी ने नॉक कर दिया था तो उसको मैंने भी मार दिया था तो अब देखिए अब हम आराम से लूट कर लेते हैं ए डब्ल्यू की क्योंकि ए डब्ल्यू मैं ऑटो पर चला लेता हूं, और ए डब्ल्यू मुझको मिल गई है अब बंदे बचेंगे नहीं पूरे मैप में एक पूरे मैप में देख लेंगे कहाँ पर है वहीं से मारेंगे सब साले मर जाएँगे तो देखो किलचोर लूटने में है हम कह चलिए चलिए तब भी नहीं आ रहा है और हमको यहाँ पर इसलिए आ गए हैं क्योंकि यहाँ से व्यू अच्छा दिखेगा अब मैं उस सेड के ऊपर से छत पर चला जाता हूँ जिससे पूरे एरिया का या एर पूरे मैप का जो है मुझे व्यू आने लगे तब मुझे ऑटो पर चलाने में मज़ा आएगा ए डब्ल्यू एम तो मैं इस छत पर चला जाता हूँ लेकिन यहाँ से भी व्यू अच्छा नहीं आएगा क्योंकि ड्राफ जहाँ गिरा है वहाँ पर पेड़ आ गए अब यहाँ से अच्छा सा व्यू आ रहा है ये देखिए इनमी है इस पर मैंने हेडसॉट मारने की कोशिश की लेकिन लगा नहीं लेकिन फिर भी एम्फोर्स वाला से मैंने इसको पहल दिया है तो अब देखिए मेरे किल हो जाते हैं चार जिसमें से दो किल मेरे चुरा लिए हैं किल चोर ने अब किल चोर जा रहा है ड्राफ लौटने क्योंकि अब मुझे देखकर उसको भी ए चलाने का शौक़ है बस उसको दो ही गन पसंद है या तो ए या तो फिर आर तो आर पी उसने उठा ली है अब लगता है कि एक दो एक दो स्क्वाड एक दो डे स्क्वाड जो हैं मारुति एक दो जलने वाली हैं क्योंकि ये मारेगा ज़रूर आरपीजी इसकी फेवरेट गन है आरपीजी पी पा जाता है तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है तो देखिए एक एनिमी टहल रहा था उसको मैंने अपने बग्गी से कुचल दिया है इस प्रकार से मेरे किल हो जाते हैं पाँच अब मैं बंदों की खोज में निकल पड़ता हूँ कि कहाँ हैं बंदे और किचोर देखो बिल्कुल तैयार है आरपीजी लिए कि कहीं पर मिल जाए तो मैं किल चुरा लूं तो बंदे दिख नहीं रहे पूरे मई में, में आप लोग भी देख रहे हो कहीं पर भी और आपके लिए भी एक ये प्रश्न है आपका हमारा आपके लिए हमारा कि लास्ट वाला बंदा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में बताइएगा कि बंदा कहाँ पर है लास्ट वाला बंदा कहाँ पर है आप जो बता लोगे तो मैं समझूंगा आप प्रोप्लेयर हो इतना ख़तरनाक कैम आपने कभी नहीं देखा होगा जितना आज इस गेम प्ले में आपको देखने को मिलेगा तो देखिए अब एक भी ए मारुति एक जीप दिखी है और किचोर ने उसको दगा दिया है देखिए हम कह रहे थे कि कोई ना कोई मारुति वाला या जीप वाला मरने वाला है देखिए इसमें दो एनिमी थे दोनों पिल गए क्योंकि उसने डायरेक्ट उसी पर आरपीजी पी दाग दी थी तो इस प्रकार से आज किलचोर ने कुछ अच्छा काम किया है एक स्क्वाड को अकेले ही फिनिश कर दिया है वो भी आर से पूरी जीप सहित जला दी दोनों बेचारे नाक भी नहीं हुए दोनों फिनिश हो गए तो अब देखिए अब बंदे बचे हैं नौ मेरे किल हुए हैं छः और इस ड्राफ पर किल चोर मुझको परेशान कर रहा कि चलिए ड्राफ पर चलिए मैं भी आरपीजी की थोड़ी एमओ और उठा लूं, क्योंकि भी कम है ये सोच रहा है कि दोनों आर ले लूँ इतना ज़्यादा देखिए ये भी ड्राप किसी ने लूट लिया है ये चाचा ने लूटा है सब सामने घर पर हैं इनको देखो अभी पेलपाल के हम रामपाल बनाते हैं हम कह देते हैं कि हमारे बिना आप ड्राप मत लूटो लेकिन तब भी ये मानेंगे नहीं अभी देखो इनको हम देखो आर पी मार रहा है लेकिन पता नहीं कहाँ आरपीजी जा रही है कुछ नहीं पता चल रहा लेकिन मार रहा बराबर तो आर से ख़तरनाक कोई भी गन नहीं है इस बहिंगा पबजी लाइट में तो देखिए बंदा वो पता नहीं एनिमी कहाँ चला गया है मेरा ड्राप लूट करके और इसको मैं मारूंगा जरूर Enemy. तो देखिए ये पता नहीं कहाँ छिपा था मिला इसको मैंने पेल पाल के अब मैं रामपाल बनाने जा रहा हूँ आप लोग देखिएगा ये रामपाल बन चुका है अब बंदा बचा है बंदा बचे हैं केवल और केवल टोटल सात जिसमें से पाँच मेरे down. ये देखिए कितना ज़बरदस्त हेडसॉट था इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि इतना ओ पी है रिसॉर्ट आपको कभी कभी ही देखने को मिलेगा अब देखिए मेरा फोन लेक कर लेक कर गया है मेरा जो करेक्टर था वो गन नहीं उठा पा रहा था इसलिए बोट मार रहा था तो मैंने उसको भी फिनिश कर दिया है लपेट लिया है अपने ए के शॉर्ट से तो अब बंदे बचे हैं टू वर्सेस टू अब आप लोग बताइएगा कि जो लास्ट वाला बंदा है वो है कहाँ पर आप लोग जो बता लोगे तो पता चल जाएगा हमें कि आप लोग प्रो प्लेयर हो नहीं तो मैं तो नहीं जान पाया ना मेरा जो टीम मेट है किलचोर वही जान पाया बंदा कहाँ है उसने मुझे बराबर डैमेज दे दिया लेकिन वो दिखा नहीं तो देखिए ये फिर से एक ड्रॉप मैंने ड्रॉप की लूट कर दी है इसमें जितने भी ड्रॉप गिरे हैं मैंने सबको लूटा है और हमारे अलावा कोई जब तक जिस लॉबी में मैं हूँ उसमें मेरे अलावा कोई ड्राफ्ट लूट नहीं सकता है यदि कोई ऐसा चैलेंज करता है तो मेरी आई पर रिक्वेस्ट भेज सकता है मैं उसके साथ खेलूँगा फिर लूट ड्राफ्ट मुझे दिखाए तो अब बंदा बचा है एक वही कैम पर अब आपको बताना है कि कहाँ पर है बंदा और बंदा यही है कहीं पर अभी जब वो दो में दिखी कहाँ से आया है देखिए सामने बनकर आ गई है उसका चिन्ह आया है निशान आ गया है कि कहाँ पर है लेकिन वो दिख नहीं रहा आपको दिखा हो तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में तो मैं समझ जाऊँगा कि आप बहुत ही प्रोप्लेयर हो और लगता है वो मुझे मार भी देगा क्योंकि वो हमें लगता है कि हाइकर है वो हाइक कर के कहीं पर बैठा है तो भाई हाइकर्स के साथ खेलना या हाइकर्स है से जीतना बहुत ही कठिन होता है लेकिन आपका भाई देखिए क्या करने वाला है कि हाइकर की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि, कि कितना ख़तरनाक गोसाल मक्खी का खेल है तो देखिए आप लोग भी देख लीजिए उसी साइड से मुझे निशान आ रहे हैं उसी साइड में बमबाजी कर रहा हूँ लेकिन तब भी एनमी या कोई भी उसको डैमेज नहीं हो रहा है किचोर भी बराबर उधर ही मार रहा है और जैसे हम बाहर निकलते हैं हमारी गोली पड़ने लगती है तो इससे ये पता चलता है कि वो हैकर है ये तो पक्का हो गया कि वो हैकर है लेकिन अब दिखेगा नहीं तो आप कैसे मार पाओगे तो लगता है कि वो चिक... ये दिख गया अब इसको देखो यहीं पर था और दिख नहीं रहा था इसको मैं तेल पाल के राम पाल बना देता हूँ इस प्रकार से मेरा चिकन डिनर हो जाता है तो आप लोग भी चिकन खाइए देखे लाल मेरी करेक्टर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक like बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कितनी खूबसूरत है अब आपको भाई आपका दिखाएगा कि कैसे घोसाल मक्की हवा में उड़ता है देखिए देखिए इस तरह भला कोई दिखा पाएगा आपको चलो आपकी बार नहीं देख पाए हो तो आपकी फिर से देखिए कितना अच्छा ट्रिक है आप लोग भी ऐसा करिएगा देखो किलचोर ने आर मेरे इसकी पे दगा दी है देखिए मैं हवा में जा रहा हूँ तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह गेम बहुत ही अच्छा लगा होगा यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार